है। इन्होंने की समर तोड़ है। तो महंगी हो गई है लकड़ियाँ महंगी हम तो करेंगे तो तो आप तो तो तो देख सकते है किस प्रकार ऐसी महंगाई के शव को यहाँ पर जलाया जा रहा है तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो तो है। तो है। को आप ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर भी अवश्य करें हरियाणा के करनाल जिले की तो आप देख सकते हैं ये बड़ी खबर है हरियाणा के करनाल जिले की जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महंगाई के शव को यहाँ पर फूकते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी वैसे करें हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि जो महंगाई का जनाजा है वो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं वो फूका जा रहा है तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर भी वैश्य करें और जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें इस विषय में कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या कहते हैं वो भी हम आपको जरूर सुनवाएंगे फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक जो जबरदस्त रोष है वो यहाँ पर देखा जा रहा है जिला सचिवालय के ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं जी हाँ जिला जिला सचिवालय के ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं और आप ये देख सकते हैं कि जो महंगाई का पुतला है वो फिलहाल यहाँ पर फूका गया और इस विषय में कांग्रेसी कार्य क्या क्या कहते हैं वो भी उनकी भी हम आपसे जरूर बात करवाएंगे फिलहाल इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं और आप ये साफ तस्वीरों तो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक जबरदस्त रोश यहाँ पर देखा जा रहा है जी हाँ जबरदस्त रोश यहाँ पर जरूर ये देखा जा रहा है और किस प्रकार से खाली बोतलें गले में टांग कर एक विरोध जताया गया विरोध इसलिए जताया गया क्योंकि पिछले काफी दिनों से तेल नहीं मिल रहा था सरसों का तेल नहीं मिल रहा था और आप ये देख सकते हैं कि, कि किस प्रकार से फिलहाल एक जबरदस्त रोष कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जरूर देखा जा रहा है तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज्यादा शेयर करें है, है, है, है, है, है, है, है,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 जब सरकार ये कहती थी अच्छा, हाँ, और इनके लीडर ये कहते थे भाई सिलेंडर का रेट 50 रुपए होगा 50 रुपए कम करेंगे उल्टा एक लाख का हो गया पेट्रोल डीजल का वो रा, राम बाबा रामदेव कहता था पैंतीस रुपए लीटर होगा वो तो सौ रुपये लीटर हो गया आज गरीब का स्कूलों में फीस भी जा रही गरीबी की वजह से आज महंगाई के खिलाफ वो तो तीन काले कृषि कानून जो वापस लिए हैं एम की गारंटी बननी चाहिए तो उसके लिए हम आज क्या ज्ञापन देख रहे हैं ये हमने महंगाई का और नरेंद्र मोदी का महंगाई जितनी पिछले दिनों में बढ़ी है इतनी हाहाकार हिंदुस्तान में गरीब आदमी की और पैसे की आमदनी बढ़ी लेकिन इतनी ज्यादा महंगाई बड़ी है कि जिसका हम अभी कुछ अंदाजा लगा सकते गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया हुआ है। लगता है लगता गरीब विरोध के बाद अब कहीं कहीं कुछ आगे महंगाई कम हो सकती है देखिए एजुकेशन करना हमारा फर्ज है सरकार को जताना हमारा फर्ज है हम आंखें बंद करके कांग्रेस कर नहीं सोना चाहती हम अपना ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं क्योंकि सरकार एक साल लगातार एजुकेशन के बाद तीन काले कानून वापस लिए है इस हिसाब जा रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों पे में महंगाई के खिलाफ सड़कों पे आना पड़ेगा ताकि महंगाई पे अंकुश महंगाई के लिए तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आती है लेकिन महंगाई बदस्तूर जारी है और लगातार बढ़ती जा रही है क्या कहना चाहिए देखिए हमारी हम जो अपनी ड्यूटी है उसका निर्वाह कर रहे हैं ये भीम मेहता जी हैं पूर्व मंत्री है हमारे ये बीच मेहता जी भीम जी क्या कहना चाहेंगे सर इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती है लेकिन उसके बाद भी जो है महंगाई लगातार ही अपना जो है पूरी की पूरी ऊपर बढ़ रही है क्या कहना चाहेंगे आज महंगाई पे कंट्रोल करना तो सरकार का काम है हमारी पार्टी आज विपक्ष में है जो विपक्ष की भूमिका है वो हम लगातार निभा रहे हैं जो जो भी बात होती है चाहे वो जन इनके फैसले होते हैं उनको भी हम सड़कों पर लाते हैं और लोगों के बीच में लाकर हम सिर्फ उनको सरकार तक पंचायतें हैं जागना ना जागना वो सरकार का काम है तो सरसों का, तो का तेल नहीं है एक सरसों का तेल नहीं खाने की जो भी चीजें है चाहे डाले हैं चाहे कोई भी चीजें हैं आज सारी महंगाई को महंगाई जो है उनकी पूरे चरम सीमा पर है जो डिप्पो मिलता है गरीब परिवारों को बंद क्या क्या कर दिया गया वो मिलना चाहिए था वो मिलना जो किया बंद किया वो ठीक नहीं किया फिलहाल आप ये देख सकते हैं अपनी बात जरूर सामने रखी है तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें आप ये साफ तस्वीरों तो में देख सकते हैं कि, कि इस प्रकार से जिला सचिवालय के ठीक सामने जो महंगाई का पुतला है वो यहां पर जरूर फूका है अब ये बात देखने वाली होगी कि इस प्रकार का जब विपक्ष विरोध करता है तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार कितना इस विरोध को देखती है क्या वाकई ही इस प्रकार के प्रोटेस्ट के बाद या इस प्रकार के विरोध के बाद महंगाई कम होती है या नहीं ये अपडेट आपको देते रहेंगे बने रहिएगा करनाल